बगल वाली कना में लॉ ला में पाय मचला हलचल कन में लोला पांव में पायल जीवनी उके देखल बिना दिनों दिनों नी जीवनी उके देखल बिना दिनों नी कटे ज़माना दूर ना जाना लक्ष्मण दीवाना जन ज़माना